नूपपंथी के हदें पार हो चुके हैं अपन से अगर कोई अवार्ड मिलेगा ना तो अपन को ही मिलेगा नूपपंथी का ऊपर से यूट्यूब से अपन ने एक डेली भी नहीं कमा पाया अभी तक एक डेली भी नहीं कमा पाए मतलब कितने दो तीन साल हो चुके हैं अपन को अपन वीडियो डालते रह रहे पर अपन को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है ऊपर से वीडियो कोई वायरल नहीं हो रहा है बंदे तो अपन के हाथ से आजकल मरने से मतलब बचे जा रहे हैं ये बंदी हो, हो ये क्या होगा अकेली को कैसे हेडशॉट शॉट लगा है? मुझे नहीं पता भाई लोग नफ तो गया है इसलिए आप लोगों को करना पड़ेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब ये बंदा अपन की लूट लूट कर भाग चुका है पर कोई बात नहीं यार भी इसकी लूट लूटेगे